अगर कभी कहूं कि जरूरत नहीं है तुम्हारी तो ठहर जाया करो उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत होती है तुम्हारी